आज हम बात करेंगे आर्टिकल 368 की आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड यानी संशोधन करने के और किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है ये भी आर्टिकल 368 में दिया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी आर्टिकल को हटा सकता है नया ला सकता है या फिर रिपील भी कर सकता है लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है और वो ये है कि जिस भी आर्टिकल को लाया जा रहा है हटाया जा रहा है या फिर रिपील किया जा रहा है उसके कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव पार्लियामेंट तीन प्रोसीजर के द्वारा आर्टिकल अमेंड कर सकती है फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी सेकंड स्पेशल मेजोरिटी और थर्ड स्पेशल मेजोरिटी के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव के रेटिफिकेशन के द्वारा ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द